कोई हथियार नहीं उठाना है अपने सोच को सही कर लेना है इसलिए मैंने कहा पांच साल में एक दिन की बात कर रहा हूं ब्राह्मण ठाकुर बनिया दलित जो भी हैं रहिए है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक दिन पांच साल में आपसे कहता हूं उस दिन सनातनी होकर वोट दीजिएगा बस बाकी चलता रहेगा और ठेकेदारों से सावधान रहिएगा इसलिए इस संसदीय व्यवस्था के अंदर 370 पास कराने के लिए राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत नहीं था उनको मालूम था कि हमको सड़क बनाने के लिए देश ने 303 नहीं दिए हैं सड़कें तो पहले भी बन रही थीं और सड़कें बनने से कुछ फटनी जो भी राष्ट्र होते हैं वहां सड़कें बिजली पानी की समस्या होती रहती है यह रूटीन मैटर है ये दुनिया का सबसे पुराना ऐसा खोखला समाज हो चुका था कि जो प्याज की कीमत पर सरकार बदल देता है आपके जीवन में प्याज और पेट्रोल से आगे दुनिया बड़ी नहीं लोग भूखे हैं प्यासे हैं पंचर जोड़ रहे हैं लेकिन उन्होंने सरकारें इस पर बुनियाद पर नहीं बदली उन्होंने इस बुनियाद पर बदली हमारा एजेंडा कौन लागू करेगा लिहाजा इसके अलावा कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको ताकत दे देंगे क्योंकि वह हमारा एजेंडा लागू करेगा इसलिए धारा तीन हटी नहीं सत्तर साल तक लो खुल के कहते थे कि नहीं हटा सकता और उनकी बात में तथ्य था तो दो काम जो बड़े हुए उनको समझने की कोशिश कीजिए तो शायद आप रोज रोज नई नई मांगे जिन्हें आप मांग समझ रहे हैं बहुत छोटी छोटी हैं इसलिए उससे बड़ा काम कर दीजिए कई मांगे एक ही बार में ठीक हो जाएंगी धारा 370 के बारे में पूरी दुनिया चकित थी इसलिए मैंने बताया कि जब हो गई तो पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया क्यों हुई क्योंकि जिन्हें आप पंचर पुत्र कहते हैं वो पूरी दुनिया में यही काम कर रहे हैं वो दुनिया को अपना एजेंडा बताते हैं लेकिन धारा 370 हटने वाले दिन दुनिया में किसी को नहीं पता था आज क्या होने वाला है क्योंकि इनके अपने साथी जो दो से पहले हैं उसमें बहुत सारे भेड़िए हैं कुछ पार्टियों के दलाल हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन फैलाते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बना मेरी जाति का प्रधानमंत्री नहीं बना इसलिए कुछ हो ना हो इसको कमजोर करो क्योंकि वो खुद बन नहीं सकते उन सब लोगों को नहीं बताया उसने पार्लियामेंट में आया दूसरा वाला तब भी किसी को नहीं पता था क्या होने वाला जब बिल रखा तो ज्यादातर हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी हम बहुत जल्दी में है ना हम चाहते हैं एक ही दिन में आज ही सब कुछ हो जाए और हम चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे हमको कोई लेना देना नहीं है बाहर से कोई आए उसे सेना डील करे अंदर के आतंकवादियों को पुलिस डील करे हम कुछ नहीं करेंगे हमारे पड़ोस में रहोंगे आगे बस जाएगा हम उसे बताएंगे भी नहीं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इससे संबंध खराब हो जाए जब उसने बिल पेश किया तो बहुत सारे नहीं ज्यादातर हिंदुओं की प्रतिक्रिया क्या थी यह गुजराती बेखूब बना रहा है यह बिल पास हो नहीं सकता राज्यसभा में बिल गिर जाएगा और कहेंगे कि देखिए साहब हमें बहुमत दीजिए 2024 में इतना ना समझ आदमी समझाता उसे आपने उसने बिल रखा और बिल पे बहस हुई और थोड़ी देर के बाद बिल पास हो गया बहुमत से पास हो गया वो जो बैठे हुए थे जो आलू डाल करके सोना निकाल रहे थे उन्होंने कहा हमारे वर्कर कहां गए थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे देखा सारे वर्कर गायब है पंद्रह दिन के बाद पता चला संसदीय प्रणाली में संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो कार पिछले सत्तर साल से हो रहे थे उन्हीं का उसने इस्तेमाल किया दो महीने पहले बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके अलग अलग गठन होता रहता है समय समय पर वो बाहर जाते रहते हैं कभी कोई किसी की म्यूनिसपलिटी को देखने जाता है कभी कोई जराइल जाता है ड्रिप खेती कैसे होती है आपके आदमी ने दो महीने पहले चालीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा कि आप नॉर्वे जाइए और वहां की पानी की व्यवस्था देख के आइए उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग कम भेज रहे हैं तो उन्होंने कहा मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास जो जा रहे थे उन्हें पता नहीं था और आप जब बहादुर को भेजते हैं उसकी भाषा क्या है उसकी स्टाइल क्या है जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो वो इतना समझदार आपने दूसरा भेजा कि उसने उनसे कहा कि आप जाइए वहां की व्यवस्था देख के आइए लौट के आइए फिर भारत में से इंप्लीमेंट कीजिए इतना समझदार था उसे मालूम था कि कहीं उन्नीस बीस भी गलती हो जाए तो उसने उस दिन बिल पेश किया जिस दिन नॉर्वे से लौटने की फ्लाइट ही नहीं थी पूरी दुनिया ने पूछा यह बिल ऐसे भी पास होता है उसने कहा परंपराओं का पूरा ध्यान रखा है इसमें कोई गलत काम नहीं उसने किया तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं हसीिए खुश होइए लेकिन बहुत जल्दी मत करिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम करने से विदेशी मीडिया आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको नहीं पता आप लोकल हिंदी अखबार पढ़ लेते हैं और उस अखबार से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का ध्यान रख लेते हैं जो अखबार इलेक्शन के जमाने में पैकेज लेके घूमते हैं अखबार के मालिक पत्रकारों को पैकेज देते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है कमाई का दौर है तो ऐसे ऐसे भी मैंने अखबार देखे हैं कि एक कॉन्स्टिटेंसी में दो प्रतिबंधियों के बारे में छपराए पहले पेज पर पहला वाला जीत रहा है और आखिरी वाले पेज पे दूसरा वाला जीत रहा है क्योंकि पैकेज पर चल रहा है लेकिन दुनिया आपके लोकल अखबार नहीं पड़ती इसी तरीके से राम मंदिर का फैसला इस घुमाने में समय लगता है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा समाज वोट देने के बाद सड़कों पे नहीं निकलेगा इसलिए आपने वोट दे दिया आपने कहा बस अब हमारा कोई काम नहीं है नहीं निकलिए बार बार बताइए अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए सच में कुछ चाहते हैं तो एक बार वोट देने से नहीं होगा वो जानता था कि बनारस के अंदर ये स्थिति है मुझसे पहले उसको पता है प्लेसिज ऑफ वर्षिप एक्ट 1991 क्या है उसमें जितना भी पैसा लगा जो भी कुछ वहां हुआ है लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में इसलिए हमारे एक साथी जिनका नाम जे साई दीपक है उन युवाओं से कहना चाहता हूं जो यहां बैठे हों आप अपने बच्चों से उस आदमी का नाम बताइएगा खड़क पर, खड़कपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला बेहतरीन कैरियर हम जैसे पागलों के चक्कर में पढ़ के उसने सब कुछ छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट में न कोई संगठन न हिंदुओं के ठेकेदार कभी गए सौ साल में क्योंकि उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं था लेकिन एक शख्स जय साईं दीपक जिनकी लेटेस्ट किताब आई है इतनी अच्छी किताब लिखी है इतनी तथ्यों पे लिखी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको हजारों चीजों का हल मिलेगा उसमें किताब का नाम है इंडिया दैट इज भारत जय साई दीपक साहब ने खड़गपुर यूनिवर्सिटी से टॉप करने के बाद टॉप का कैरियर नहीं चुना सब कुछ से इस्तीफा देकर के सुप्रीम कोर्ट में भारत के हजारों मंदिरों के ऊपर जो सरकार पैसा लेती है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं करोड़ों रुपया बड़े बड़े लोगों से पूछ ले हिंदुओं के ठेकेदारों से कि तुम्हारे पास कोई इसका डाटा है कि कितने मंदिर हैं हमारे जो सरकार के नियंत्रण में हैं कितने मंदिर हैं किसके किसपे कितना चढ़ावा आता है जो सरकार लेती है इसलिए कि हम सुनी सुनाई बातों में हमें मजा आता है तथ्यों पे बात करें तो आज का युवा आपसे सवाल नहीं पूछेगा वो कहेगा कि ये बात अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन सत्य होनी चाहिए अभी अभी साहू परिवार के लोग तिरुपति गए दर्शन हजारों लोग करने जाते हैं वो भी गए थे मैं नहीं जा पाया या मैंने जाने की कोशिश नहीं किया मेरे पास कोई रास्ता नहीं आजकल तो मैं जहां चाहता हूं मान लेता हूं यही तीर्थ है